ये बॉटम मीटर लगा रहे हैं सबसे पहले।, पहले ये स्क्रू से टाइट हो गया ऐसा ईटर अब अपन हीटर वायर एंड थर्मोकपल वायर कनेक्ट करेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं ये हो गया नेगेटिव पॉइंट ये सिक्स हो गया हीटर सिक्स ये सबसे नीचे वाले टर्मिनल हीटर के हैं ये दूसरा एस तो है ये, ये रेड वाला तो ये नेगेटिव पॉइंट है जैसे कि आप देख सकते हैं एच माइनस एंड x6 प्लस ये येलो वाला x6 प्लस हो गया है और टी सिक्स माइनस हो गया ये रेड वाला माइनस पॉइंट है तो वाला वाला बाद ओपन लिखा हुआ है तो इसको इंटरचेंज कर सकते हैं अब अपन ऑन ऑन करेंगे इतर। इस इतर को करने से ये ये ओ, ये कॉन्ट्रेक्टर ऑपरेटर है सेलेक्टर स्विच ऑन करेंगे You're on today. आप देख सकते हैं ये ऑपरेट हो चुका है एट्री के लिए टेंपरेचर बढ़ेगा अभी उसको हमने 100 पर सेट कर दिया है अब अभी दूसरे बढ़ता रहेगा हेलो आया पे पे है वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें सब्सक्राइब करें